दोस्तों मेरा नाम रोहित कुमार है और हमारे ज्ञान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम लेके फिर से एक शानदार धमाकेदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए ऐसा कुछ बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आप खोगे भाव अभी बजा ना क्या इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे कि अपना आधार कार्ड डाउनलोड और अपडेट कैसे कर सकते हैं बिना सी सेंटर जाए हुए बिना आईडी पासवर्ड लिए हुए सिर्फ घर बैठे और मोबाइल से ही हम कर सकते हैं अपना आधार अपडेट क्यों लगाना झटका बिल्कुल सही बात है ये सुन के हर किसी को झटका ही लगा होगा तो दोस्तों हम ज्यादा कुछ बटवार ना करते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर व लैपटॉप स्क्रीन आरोप हम आपके लिए दिखाएंगे कि किस तरह से अपना जो आधार है हम डाउनलोड अपडेट करके दिखाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं जब तक हमारा यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है तब तक आप हम हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारा अगली वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत जल्द मिल जाए दोस्तों हम बताएँगे आपके लिए किस किस जगह से अपना आधार अपडेट पर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपने सुना होगा कि एल डॉट एक बहुत ही गवर्नमेंट वेबसाइट है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं यहाँ पे दिखाता है कि आधार कार्ड डाउनलोड एप्लीकेशन लिंक तो यहाँ से भी हम वहीं वेबसाइट पे पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा औरिजिनल और गवर्नमेंट वेबसाइट होती है यहाँ पर कहता है क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर हमारी औरिजिनल वेबसाइट होती है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुल आप यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेरा आधार में आपका स्वागत है तो यहां पे इस वेबसाइट हमें यहां से खोल के दिखाई आप चाहें तो डायरेक्ट ही गूगल पे अपने क्रोम ब्राउज़र में डालना होगा मैं आपके लिए और आपके लिए टाइप करना होगा यू आई डी ए आई यहाँ पर भी आप जब एंटर करेंगे तो हमारी वेबसाइट वहीं पर ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारी वहाँ से ओपन हुई थी सेम लिंक ही वहाँ पे ऐड होती है चाहे वहाँ से कर लो चाहे वहाँ से कर लो आप यहाँ पर भी हमारी वही वेबसाइट खोल के आ जाती है यहाँ पर आपके लिए यू पे क्लिक करना वो पे नहीं आ रहा कैसे, के आ कैसे नहीं आएगा वो हम आपके लिए पूरा क्लियर बता देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा वहां से डायरेक्ट लिंक होती है यहां से हमारा ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माई आधार यू डाई इन पर तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका वही डैशबोर्ड खुल जाता है जो हमारा यहाँ पे खुला हुआ था सेम ही प्रोसेस होता है यहाँ पे आता है कि डाउनलोड आधार कर सकते हैं आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड में मंगवा सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर लॉग पर क्लिक करना होगा लॉग पर क्लिक करने के बाद हमारा अगला वेबसाइट खुल के आ जाता है अगला पेज खुल के आ जाता है यहाँ पर आपका जो आधार में नंबर लिंक है वही आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा तो मैं सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे आधार नंबर और कागज डालने के बाद ओ डालनी होगी आपके लिए तो मैं इसमें सब कुछ डाल के फिल कर देता हूँ ओ डालने के बाद आपके लिए यहाँ पर लॉग कर लेना होगा लॉग करने के बाद हमारा नया पेज खुल के आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नया पेज खुल के आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डाउनलोड आधार कर सकते हैं आधार पी वी कार्ड मतलब प्लास्टिका कार्ड मंगवा सकते हैं आधार को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं बायोमेट्रिक को लॉग भी कर सकते हैं तो हम आपके लिए दिखा देंगे आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड मेरे बायोमेट्रिक भी डिटेल यहाँ पे निकल के आ गई है यहाँ पर आपको करना होगा डाउनलोड और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको फिर से चलते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमारा पी डाउनलोड हो गया यहाँ पर आ गया है ठीक है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा पी डी एफ खुल जाएगा मगर हम तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर तो इसके लिए हम यहीं पर आते हैं उसको करते हैं बैग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आधार का डाउनो डौ, अपडेट कैसे करते हैं आपको बहुत चिंता होगी कि अपडेट कैसे करते हैं तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दिखाता है कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे सब पूरी तरह से प्रोसेस को पढ़ लेना होगा आपके लिए किस तरह से क्लिक करना है किस तरह से इसको क्या करना होगा सारी डिटेल दे रखी होती है यहाँ पे यहाँ पे आपके लिए आधार अपन करने के लिए आगे बढ़े यहाँ पर क्लिक करना होगा आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं अपना नाम दो बार अपडेट कर सकता हूँ चरण डिटी एक बार अपडेट कर सकता हूं, लिंक पुरुष एक बार अपडेट कर सकता हूं, पता तो अंतरित बार अपडेट कर सकता हूं। तो इन चीज़ों को आप अप अभी यहां पे अपडेट कर सकते हैं यहां पे मैं आपके लिए अपना नाम अपडेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करना है आधार अपडेट के लिए आगे बढ़े इस पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के हमारा नया पेज ओपिन यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नया वर्तमान विवरण खुल के आ गया मेरा पुराना नाम आकाश कुमार है जो आपके लिए हम बताते हैं यहाँ पे कहता है कि अपडेट के लिए कौन सा नाम डालना है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे रोहित नाम अपडेट होके आना चाहिए तो हमारा यहाँ पे हमने रोहित नाम डाल दिया है और यहाँ पे आ गया रोहित कुमार हिंदी में नाम लिख आ जाता है यहाँ पे कहता है मैनुअल अपडेट तो मैं अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कह चाहते हैं कि आगे बढ़ें मगर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं मान्य चाहता दस्तावेज़ यानी आपके लिए एक ना एक आपके पास कागज होना बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास आधार लेटर जो आता है वो होना चाहिए यहाँ पे बैंक ए कार्ड होना चाहिए बैंक पासबुक होनी चाहिए आपके डेट ऑफ आप बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके लिए मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से एक ना कि आपके पास होना बहुत ही कंपलसरी है यहाँ पर यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई दस्तावेज़ लगाने के बाद यहाँ पे आपके लिए आगे बढ़ना होगा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे कहकर आपके लिए पचास रुपये फ़ीस सबमिट करने के लिए तो पचास रुपये फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका करक्शन हो जाता है तो आपके लिए हमने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है तो आपके लिए वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के माध्यम से आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें तो हम चलते हैं दोस्तों जय हिंद अलविदा लेते हैं